बता दें कंचौसी औरिया से है जहां सार ब्लॉक के ग्राम पंचायत ढिकियापुर में ग्राम प्रधान दिनेश राठौर द्वारा गरीबों जो आवास के पात्र है उनसे आवास के नाम पर जवरन 20 से तीस हजार रुपए वसूले जा रहे हैं प्रधान द्वारा आवास के नाम पर की जा रही है वसूली गरीबों ने रो रो व्यक्त किया अपना दर्द जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया ग्राम पंचायत ने बिना मानक के कार फर्जी हैंडप की मरम्मत आदि खबरें भी प्रकाशित की गई लेकिन शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया जिससे ग्राम प्रधान के हौसले बुलंद हो गए फिर क्या था प्रधान ने सपेरा समुदाय के कई लोगों के आवास के नाम से लूट शुरू कर दी गई और इन अनपढ़ से जबरन अंगूठा लगवाकर खाते से रुपए निकलवा लिए गए बाद में जब इन गरीबों को जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी आप जनता के सामने व्यक्त की अब जोगी के लोगों और सभी पीड़ितों का कहना है कि जो ग्राम प्रधान द्वारा गरीबों के साथ की गई लूट ग्राम पंचायत में कराए गए कार्य और सरकारी धन के दुरुपयोग आदि की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराकर ग्राम प्रधान के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो समस्त सपेरा समुदाय जिलाधिकारी आवास के सामने धरने पर बैठ जाएगा इस संबंध में वीडियो सार विश्वनाथ पाल ने बताया कि अगर ऐसे कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो जांच कर आरोप साबित होने से ही कार्रवाई की जाएगी क्या नाम है आपका बुद्धि देवी क्या हुआ आपके साथ आवास मिला था क्या है उसमें समस्या आ रही है उसमें मान लो काफी जमा कराई नहीं लेंगे समझ नहीं पाई के ये काय के मारा जमा कराए रही तो फिर इन तो उठा लगवाए, साइन करवाई किताबें जमा कर ले, किताबें जमा कर ले फिर किस्तारी तो चालीस चालीस हजार चाल। की तो पंदा पंदा काट के हमें लोगों को फिर हाथ में रुपया पकड़ाई तो बैंक में रूपया हमें लोगों को नहीं आई सब दिन है कि अपने घरे ले आयी अच्छा बैंक में जो कैशियर है वो आप लोगों को पैसे नहीं देता है नोन को नहीं दी धान ने अपने हाथ में गिनाई है लोगों का शोषण होता है अनपढ़ लोग हैं, बिना पढ़े लिखे गरीब लोग हैं, तो और आप लोगों को क्या क्या जाएंगे दू? सर हम गरीब आदमी जो पीतमनाथ की आवास आना चाहिए साहब हम मर जाएंगे गरीब आदमी है बाबू जी मर रहे हमारी तो खाए ली हमने तीस हजार रूपए दिए नही साहब ने हमको कॉलोनी नहीं दी आपकी कैंसिल हो गई हाँ साहब लेकिन लिस्ट में तो नाम में आपका दिखा है। रहा है हाँ, लिस्ट में नाम है साहब कंप्यूटर में नाम दिखा और है। आप आप अधिकारियों के पास गए थे तो हाँ, क्या बोला अधिकारी बोले की प्रधान को फोन कर दिया बोले की खाता गड़बड़ है अच्छा आपका क्या नाम नहीं है आप लोगो को नहीं मिला मिला तो हमारे भी तीस लिया है आप पे भी लिया गया आपका क्या नाम हमारा सरला देवी इसी प्रधान ने लिया था कि जो अंगले प्रधान ने मतलब सभी प्रधानों का यही है कोई भी प्रधान हो कोई भी बदले चुनाव हो कुछ भी हो जो भी जीतेगा वो पैसे लेगा, पैसे लेगा।